हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को है बचाया गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदानों के रक्त से है पिघलाया और भारत मां को आजाद है कराया दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस वर्ष अपने प्यारे भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने जा रहे हैं। आज हमारे देश के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक हर कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है तो कोई वंदे मातृ बोल रहा है यह वास्तव में हमारी स्वतंत्रता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए स्वतंत्रता हमें बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त हुई है भारतीय स्वतंत्रता दिवस का इतिहास प्रारंभ में जब भारत काफी पिछड़ा हुआ देश था जब चार सौ वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी भारत में व्यापार करने के लिए आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत से अलग देश नहीं था भारत देश पिछड़ा होने के साथ साथ बहुत गरीब भी था जिसके चलते अंग्रेजों ने अपना व्यापार यहाँ पर शुरू किया और गरीबों को मजदूर बनाना शुरू कर दिया गरीबों पर अत्याचार करना अंग्रेजों की आदत बन गई और उनका फायदा उठाकर उन्हें पैसे उधार देकर उन्हें कर्ज में दवा दिया करते थे बेचारे गरीब लोग उनसे पैसा लेने के बाद जब पैसा चुका नहीं पाते थे तो अंग्रेजों के गुलाम बनते चले गए देश में बहुत से राजा थे उस समय उनकी भी अंग्रेजों ने धन दौलत से मदद की और उनको अपने अधीन कर लिया था कुछ राजा अधीन होने से मना कर दिया, उन कर के, उन पर आक्रमण राजाओं को भी अपने अधीन करते चले गए कुछ समय के अंतराल में ही पूरे भारत से अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण जमा लिया और हम सभी भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम हो गए भले हाथों में चूड़ी खनके छन छन करते पायल झुमके पर, पर तलवारें भारी ना हिंदू मन मन कर कर देखो देखो ना मुस्लिम बेटों की इस लड़ाई में भारत माँ को देखो इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के कई महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है उनके कई संघर्षों और बलिदानों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे यह आजादी हमें बहुत संघर्षों से मिली है आज झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है किस खुश नसीब है वो जिनका लहू भारत के काम आया है क्या आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल, लाल किले पर झंडा फहराया था जबी से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोहफों से सलामी देते हैं स्वतंत्रता एक उपहार है यह हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदानों रातों की नींद क्रूर यातनाओं और संघर्षों का उपहार है यह स्वतंत्रता बापू महात्मा गांधी जी के संघर्षों के कारण है वह लोगों के अधिकारों के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे उन्हें कई बार जेल में डाला गया उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी वह पीछे नहीं हटे यह स्वतंत्रता हमें कई अन्य महापुरुषों द्वारा प्राप्त हुई है जैसे बाल गंगाधर तिलक लाला राजपत राय भगत सिंह सुधीराम बोस चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस आदि अनेकों के संघर्षों और बलिदानों के कारण मिली है मेरे प्यारे दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था तब हम सभी जंजीरों में थे हमसे हमारे धिकार छीन लिए गए थे हम ना ही अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे और ना ही बोल सकते थे हमें घुट घुट कर जीना पड़ता था उस समय हमारी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी इन संघर्षों को जेल कर जब अठारह में झांसी की रानी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी तब से भारत में आज़ादी पाने का जुनून सवार हो गया आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद हमारे देश के पास कई अच्छी चीजें हैं अब हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। हमारे देश के पास बहुत बहादुर और वीर सेना है हम जल थल और आकाश तीनों क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे दुश्मन हमसे बहुत डरते हैं। हम दुनिया के खुशहाल लोगों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में से एक हैं हम राजनैतिक रूप से शक्तिशाली हैं हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं और सैन्य रूप से उन्नत हैं युवा होने के नाते हम कल के लिए अपने राष्ट्र का भविष्य हैं। हमें देश के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट रहना चाहिए जैसा कि गांधी जी ने कहा था भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं इसलिए हमें बेहतर कल के लिए अपने आप का उपयोग करना हो। दोस्तों एकता में एक ताकत है और हमें एकजुट रहना होगा आज हमें यह वचन देना होगा हम अपनी जमीन को नुकसान नहीं होने देंगे हमें अपने देश को दुनिया में शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा हमें गरीबी अशिक्षा और युवा बेरोजगारी से लड़ना होगा हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा और हमें देश के हर कोने में शिक्षा का प्रचार करना होगा वह दिन दूर नहीं जहाँ दुनिया में सबसे शक्तिशाली होंगे सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने जज्बात लिखना देशभक्ति नहीं होती साल में सिर्फ दो दिन तिरंगा लहराना काफी नहीं है वह साल भर अपने और अपने देश के लिए वा पूरी लगन और ईमानदारी वह सच्ची निष्ठा से करें तो वही देश मुक्ति है बड़ी विचित्र बना मना है कि देश के पढ़े लिखे नौजवान देश की हालत के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि उन्हें तो देश की हालत सुधारने का बीड़ा उठाना चाहिए समय की जरूरत है कि सभी पढ़े लिखे नौजवानों को अब राजनीति की मुख्य धारा में आना होगा और अपने देश को सदियों से चले आ रहे हैं कुरीतियों और पुरानी विचारों से आजाद कराना होगा नई सोच के साथ नए देश का निर्माण करना होगा सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है जहाँ जाती भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है वो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं कुछ नैनियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की तब तक भारत का आचरण नहीं होने देंगे जय हिंद जय जै भारत दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जै भारत बाय बाय